मैडम बछहंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया उनसे मिलते हैं वो ज़रूर कुछ ना करेंगे कुछ ना कुछ करेंगी हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के मैं मुझे दिमाग मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें चल रही थी मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेज कैसे करना है फर्स्ट गए बछिंद्री मैम के पास जब मिले मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा अरुणिमा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 शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता उन्होंने जबरदस्ती मत करो मैंने कहा कुछ नहीं ये मेरा पैर है मैं जानती हूँ कैसे चलेगा फाइनली एक दो बार तीन बार करने चार बार पांच बार होल हो जाता था आइस थोड़ा टूट टूट के निकलता था तो मैं वहां पैर रख रख के जाती थी कैंप थ्री तक ठीक था प्रॉपर एक्लमेटाइज किया अपने आप कैंप थ्री तक जर्नली गए बात जब कैंप थ्री के ऊपर की होती है साउथ को समिट अच्छे अच्छे माउंटेनियर अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है और दिमाग में बात जब जिसको डिसीजन मेकिंग और ये दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे उसी चीज़ के लिए ये आदमी मर रहा इसी चीज़ के लोग लिए, लिए मर चुके हैं रात में क्लाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनरिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है जब मैं रात में निकली आ, आ, साउथ कोल से कैंप फोर से मेरी हेडलाइट जिधर जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज़ मुझे नज़र आ रही थी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 बोला, पागल हो गई है तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो जाएगा नीचे चल एक फोटो खींच लू फोटो खींचा उसने वो तो अगली बार इतना तेज गुस्सा हुआ मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो भी बना ले एट एट फोर एट की हाइट पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा आज हम भी हंस रहे हैं आप लोगों के साथ क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है <laughs> और एट की हाइट पे जब मुझे शेरपा कोई भी शेरपा को बोलेगा भाई वीडियो बना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 और रोप जो मेरी रोप थी रोप को पकड़ा दूसरे हाथ से आर्टिफिशियल लेग को पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया क्योंकि मेरे पास यही था यह तो दूसरा था गिबअप कर दो तो ये चीज़ थी पैर को घसीट घसीट चलना शुरू हुआ, कुछ दूर नीचे चलने के आने के बाद रॉक था उसमें घुसे पैर को खोला सही किया फिर नीचे चलना कैम्प फोर टू सबमिट सबमिट टू कैम्प फोर थर्टी थ्री फीट है और इसमें टोटल जनरली लोग सोलह से सत्रह घंटे में सबमिट कर लेते हैं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 हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं ऑलरेडी टाइम हो चुका है मैं एक चार एक चार लाइन की पंक्ति सिर्फ बोलूंगी। मैं एक्चुअली मेरा आ, आ, एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट हैं कॉन्टिनेंट के हाइएस्ट पीक सब्मिट करूं। एशिया का एवरेस्ट हो चुका है अफ्रीका के लिबनजारो हो चुका है यूरोप का एलब्रूस हो चुका है तेईस नवंबर को मैं जा रही हूं ऑस्ट्रेलिया हाइएस्ट पीक के लिए बस आप लोगों की गुड वेसेज चाहिए <laughs> और चार लाइन अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है